ये आदमी अपनी मौत के बहुत ही दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे जंगली जानवरों ने जो इंसानों पे पर कुछ खतरनाक दोस्तों बचाने के लिए पानी में चुन गया है बाकी लोग भी मदद कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक बात कर रहे हैं और यहाँ पर लोगा दिया वीडियो हम देख दे दे दे दे हैं ये ये कितना है है है है तो ना तरह से से बहुत सकता था इंसान को चीर फाड़ तरह डोगी की तरह से खाना खिला रहा है हूँ वीडियो तो दे दोबारा देखने को शायद ना मिले वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पर एक मूंग से पर कुछ लड़कियाँ हैं फोटो खींच हैं देख मूंग सामना कर दिया देख यहाँ पीछे लग गई है लड़की बच्चा भी है लड़का है लड़के के पीछे लग गया है इन बच्चा बच्च गया और वो पुर, साइड के पीछे चला देख सकते हैं बच्चे चीज़ की अगली वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओपर फोटो ली जा रही है कि समुद्र के अंदर एक शार्क यहाँ एक शार्क है जो नीचे किनारे पर घूम रही थी जो आकर तो देख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं काफी बड़ी दिख रही है देख सकते हैं जैसे कि आप बीच के पास में आ गई है अगली वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बैठी हुई है यहाँ पर और कुछ लोग घूम रहे हैं यहाँ पर समझ में नहीं आ पा रहा है क्या वो चीज़ कुछ तो ही मगर देख सकते हैं उसके पास जाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसकी फटी पड़ी है वैसे तो देख सकते हैं चीज़ है समझ में नहीं आ रही है शायद वो एक शेर टाइप जानवर था क्या था समझ में पहचान में नहीं आ पाया और अगली पीढ़ी की तरफ चलते आप पर आप, आप देख सकते हैं गोल्ड कोट में भालू आए, भालू ए, गो, गो, गो, गो. Oh, <laughs> it, भालू भालू घूम घूम रहा है है है है जी रही रही माय गॉड जैसे कोई कुत्ता बिल्ली और बैठा कुछ वीडियो में जैसे देख सकते हैं मगर मछली मगर मछर एक आदमी और और है है अभी लेकिन के मगरमच्छ तो देखा होगा पर एक वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश रही है इस वीडियो में देखते क्या होता है बगल में से निकल गया ओ इस देखो क्या सर्चिंग करने आया थे धीरे भागने की कोशिश कर, है वो वो है कर, कर रही है निकलने की कोशिश कर रही है यही वो शख्स मारते मारते बचे अब इनका थे हैं। वन के के चाहते हैं हैं तो हैं, हैं, ये। इस वीडियो में देख देख सकते सकते दो जाने साइकिल से जा रहे रेसिंग हो रही है शायद। बीच में एक भालू आ गया है काफी बड़ा और खतरनाक भालू हुआ उसने पहले वाले साइकिल वाले पे अटेक करने की कोशिश की लेकिन स्लो मोशन अब देख सकते वो वापिस पक गया काफ़ी बड़ा और खतरनाक भालू दिख रही जाता वो अगर वो बंदे पर हमला दे तो वो मरी जाता और इस, इस वीडियो में देख सकते हैं दो रायनों रेड कलर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं राहनों काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और यहाँ पर एक और काफ़ी इस वीडियो में आप देख सकते हैं बच्चा बच्चा गया है मछली के साथ खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टिंग रे है खतरनाक होती है हथी के कान की तरह देखने में लगती है लेकिन एक बहुत ही खतरनाक इसका नुकीला डंक होता है जिसको लगने से इंसान मर जाता है तो बहुत ही जहरीली होती है लेकिन ये बच्चे ऐसे खिला रही है जैसे आलतू वो है इसको तो देख सकते हैं आप उसको मुंह में डाल डाल के खिला रही है इस वीडियो तो में आप देख सकते हैं हिरन है यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी ट्यूट सी बच्ची है हिरन को कुछ ग्रेट है शायद उसके आदमी खिलाने की कोशिश कर रही है अब देख सकते हैं यहाँ पे रोडों पर ऐसे घूम रही हैं जैसे बकरियाँ घूमती है हमारे इधर यहाँ पे रोडो पर घूम रही हैं अपने यहाँ बकरियाँ घूमती है देख सकते हैं लेकिन हिरण नहीं पाएंगे डर नहीं रही है ना बच्ची डर रही, रही है नीचे no? देख सकते हैं no? एक और लड़का खड़ा वो भी खिलाने की कोशिश कर रही है लगता है यहाँ पर रोज आती है खिलाने की कोशिश करी उसको खिला पाएगी ये देख सकते हैं आप ये हुए he देख सकते हैं आप यहाँ पर एक और दन खिलाने कोशिश कर रही है वो लड़की so so तो तो जब देख सकते है लड़की है okay, no. तो। फिर इनको बारह सिंगा कहते हैं हमारे इंडिया में भी काफी पाई जाती हैं काफी खतरनाक जानवर होता है ये तो चलते अगली वीडियो की तरफ देख सकते है यहाँ पर दो मगर मच मगर मच्छ आपस में लड़ रहा है समझ में सा यार ये रही उल्टा पड़ा है एक सीधा है देख सकते हैं एक मगरमच्छ ने दूसरे मगरमच्छ के मुंह पे काफी खतरनाक हमला किया हुआ है ये दूसरे पे खतरनाक लड़ाई चल रही है पे पटक रहे हैं यहाँ पे कुछ एक दूसरे उठा उठा के फेंक रहे हैं मगरमच्छ काफी खतरनाक सीन है देखने पर यहाँ पे कैमरा मैन जो वीडियो बना रही है देख सकते हो कुछ है, और उसको यहाँ देख सकते मगरमच्छ एक दूसरे को। तो कोशिश कर रहा के के लगता मगर मच को दिख गी, गी है उठा उठा मगरमच्छ मगर मच्छ को लग गई बेचान गए सामने एक इंसान खड़ा बन कर है पार्ट लड़ना बंद करी और एक मगरमच्छ इंसान की तरफ ही देख रही है उसने अमीन की तरफ आने की कोशिश की इसी के साथ वीडियो खत्म होती है और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक